आप सभी दर्शकों को देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं दर्शकों दिनांक 12 नवंबर का दैनिक राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ खास लेकर के आया है इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे साथ ही साथ उन दो भाग्यशाली विजेताओं के नामों की घोषणा करेंगे जिन्होंने दस नवंबर के राशिफल में अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस के साथ साथ अपनी समस्या कमेंट की है तो वो दो भाग्यशाली विकेता कौन है जो प्रोग्राम में आप लोग तो अंत तक बने रहिए सरप्राइज है और आप भी यदि चाहते हैं कि आपकी कुंतली हम विश्लेषण करके आपके मार्ग में जो आ रही बाधाएं हैं उनका निराकरण करें तो आप लोगों को करना क्या होगा कि इस राशिफल में आप लोग सबसे पहले इस राशिफल को लाइक करिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बगल में बना बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को अपने दो चार व्हाट्सएप ग्रुप में जम करके शेयर करिए और फेसबुक पेज पर भी शेयर कर सकते हैं करना क्या होगा आपने आपको बता दिया अब आपको अपने डेट बर्थ टाइम बर्थ प्लेस आपका अपना नाम और आपके जीवन में समस्या क्या चल रही है ये चीज आपको लिखनी रहेगी तो अगले दिन के जैसे आज जो है क्या कहते हैं बारह तारीख का राशिफल है तो तेरह तारीख के राशिफल में ये हम आपको बताएंगे तो दर्शकों कार्तिक शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि रहेगी बारह नवंबर दिन मंगलवार रहेगा और दो को मंगलवार दिन जो है अनुमान भी का दिन है इसके साथ साथ दर्शकों सूर्योदय की बात करें तो प्रातः छह बजकर सत्ताईस मिनट पर सूर्योदय होगा सूर्यास्त होगा शाम को पांच बजकर तेरह मिनट पर नक्षत्र रहेगा भरिणी तो कर्म मिनट का नक्षत्र रहेगा विधि जो है जो क्या कहते हैं योग रहेगा तो, तो रहेगी रहे रहे रहे रहे जो, जो है ये रहेगा रहेगा रहेगा योग योग उसके करण इसके बारह मिनट तक मतलब कि की तेरह नवम्बर की रात तीन बजकर बारह मिनट तक मेष राशि में रहेंगे और उसके उपरांत राशि में संचरन करेंगे सूर्यदेव में पूर्णिमा की पूर्णिमा का अनैतिक कार्य पूर्णिमा वाले दिन मत करिएगा शरीर में मालिश वगैरह मत करिएगा किसी का दिल मत उठाइएगा इसके साथ साथ प्रयास करिएगा की आज के दिन एक बहल मधिराज से आप लोगों को दूर रहना आएगा शास्त्रों में इसकी मनाही है मंगलवार दिन की बात करें दिशागुल की बात करें तो उत्तर दिशा की ओर जो आजकल ससगुरु है वो तो कोशिश कीजिएगा जब आज आप घर से निकलिएगा तो गुड़ का सेवन करके जल पी करके पहले दक्षिण दिशा तो आप लोगों को करने के लिए हमें बता रहे हैं। उस टाइम पीरियड में आप करिएगा अमृत काल का समय रहेगा तीन बजकर छियालीस मिनट से लेकर पांच बजकर अट्ठाईस मिनट तक ही पूर्णा तिथि के बारे में जो हमारे दर्शन देख रहे उनको आज के दिन बारह तारीख को ही फुलमोन का उपवास करना और जो विधि हमने बताई आप लोगों को व्हाट्सएप पर देखी है उस विधि से ही आप लोग व्रत रहिएगा उसमें कुछ अपने आप एक्स्ट्रा कोई दिमाग मत लगाइएगा इसके साथ साथ लक्ष्मी प्राप्ति के लिए माह में एक बार वाले दिन पूर्ण कार्तिक मास की पूर्णिमा तो उपाय क्या करना रहेगा सबसे पहले तो पूर्णिमा वाले दिन विष्णु सहित नाम का आप लोग पाठ करिए और श्री सुक्त के पाठ से कमलगट्टे और शहद से आज हल एक रिजाव की आपको आहुति दे देनी रहेगी इससे लक्ष्मी प्राप्ति जो है का मार्ग जो तो दर्शकों तो तो के, के लिए पहली कर, तो तो राशि आती है ये आती है मेष राशि तो मेष राशि के जातकों आज का राशिफल आप लोगों के लिए क्या कुछ खास लेकर के आया है तो आज आपके खर्चों पर नियंत्रण नहीं होगा बेतहाशा खर्चे आज आपके होंगे आज आप लोग दूसरों के ऊपर उम्मीद से ज्यादा अपने जो है क्या कहते हैं दामन को थामे होंगे जो कि आपके अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरेंगे। आशा निराशा के बीच आज तनाव चिंतित रहेंगे जोखिम व जमानत के कार्य को टाले तो ठीक रहेगा जल्दबाजी तथा भावनाओं में बह करके वही निर्णय न दे आय ठीक ठाक रहेगी लेकिन ज्यादा रहेंगे आज कारोबार में लाभ की स्थिति बनी हुई दिखाई पड़ रही है अपने कीमती वस्तुओं को संभाल कर रखिएगा अन्यथा गुम हो सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा की आज के दिन आप लोग जो है हनुमान चालीसा का पाठ करिए और पूर्णिमा का व्रत रहिए नमक का सेवन नहीं तो तो पैसा पैसा आज आज तो यात्राओं का कार्यक्रम आज बन सकता है व्यापार व्यवसाय में लाभ में वृद्धि होगी घर बाहर सभी तरफ से आज आपको सहयोग प्राप्त होगा मन में प्रसन्नता बनी रहेगी आज आपके ऊपर आलस्य हावी रहेगा दूसरों के झगड़े झंझटों में मत पड़िएगा अन्यथा आज कोई पुलिस केस आपके ऊपर हो सकता है आपको अर्घ देना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ग्रीन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो तो मिथुन राशि के जात को आज आपकी रुचि धर्म के प्रति बहुत ज्यादा रहेगी तंत्र मंत्र में आज आपकी रुचि जागृत रहेगी आज किसी तीर्थ यात्रा के आयोजन पर आप जा सकते हैं किसी पवित्र सरोवर में जा करके आज स्नान करने का योग दिखा रहा है आर्थिक उन्नति हेतु आज बड़े बुजुर्गो से विचार विमर्श आपके लिए लाभकारी रहेगा सामाजिक सेवा व दान पुण्य के कार्य करने की आज आपको प्रेरणा मिलेगी मित्रों तथा परिवार के सदस्यों का आज आपको भरपूर सहयोग मिलेगा आज आपके उच्चाधिकारी आपसे पसंद रहेगा किसी नई नौकरी में आज, करना क्या हैं। तो आज कि आप स्विच पाठ करिएगा और आज चंद्रदेव के बीच मंत्र ओम ऐम ईम सोमा नमक का एक सौ आठ ज्ञाप करिए सब कुछ शुभ रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट और तो शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार कर्क राशि तो आज क्या कुछ आपके साथ होगा किसी धार्मिक स्थल की यात्रा दर्शन आदि के सुयोग बन रहे हैं किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व का आज आपको सहयोग होगा अभीष्ट कार्यो की कुल मिलाकर के आज आपके कार्यकाल में व्यस्तता बहुत ज्यादा रहेगी आज धन प्राप्ति सुगम होगी घर बाहर प्रसन्नता का वातावरण रहेगा लेकिन आज आपके अंदर आदर्श व काम बहुत ज्यादा रहेगा वाहन सावधानी पूर्वक आज आपको चलाना रहेगा उपाय तौर पर करना रहेगा। तो आज कोशिश कीजिएगा कि हनुमान चालीसा का तीन बार करिएगा और रात्रि में में जब चंद्र देव को के के के दीजिएगा, दीजिएगा तो आज दूध और केसर डालकर लक्ष्मी प्राप्ति होती है। दर्शकों भाग्यशाली विजेताओं इन्होंने की, की रिलेटेड तो देखिए एक ही प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे हम की है। और आपकी मिथुन राशि आदि है जो जॉब के मामले जो है यहाँ पर लॉर्ड बनते हैं ये सूर्य बनते हैं और दर्शकों आपको बताते वेदगी की सूर्य इस समय वर्तमान समय में नीचे चल रहे हैं सूर्य तो नीच के चल रहे हैं और द्वादश स्थान में होता है ये हानि का होता है ये होता है खर्च का ये होता है आपके अपमान का धन खर्च का कोर्ट कचहरी से मुकदमेबाजी से भी जो तो है छठे और बारहवें स्थान को देखा जाता है तो इस समय तो धारण कर लीजिए दूसरा सूर्यदेव को नृत्य अर्घ दीजिए और तीसरा नारायण कवच का प्रतिदिन पाठ करिए तीन उपाय से आपके जॉब से रिलेटेड और मुकदमेबाजी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम से आप बाहर निकल जाएंगे ईश्वर आपको जो है श्रदायु प्रदान करे हमारी जो अपनी राशिया सिंह और फिर अभी एक हमारे और भाग्यशाली विजेता बच्चे हैं उनके भी नाम की घोषणा करनी है सिंह राशि पर पहले चलते हैं सिंह राशि के जाट को सेहत के बारे में आज आपकी लापरवाही कुछ भारी पड़ सकती है आज काम करते समय किसी भी तरीके की जल्दबाजी व लापरवाही ना करें आज यदि आप वाहन का प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें सावधानी रखनी है हंसी मजाक में वो जो है किसी दूसरे के द्वारा हंसी मजाक के यदि आप कर रहे हैं तो हंसी मजाक सहने की क्षमता भी रखिएगा अन्यथा आज आप जो है किसी के साथ बात कर सकते है व्यापार ठीक ठाक चलेगा आज बुरी लत से दूर रहिएगा का तो आज कोशिश कीजिएगा की हनुमान कष्ट का पाठ करिए और आज आपको ग्रत रहना है पूर्णिमा का आज पूरे दिन आपको नमक का सेवन नहीं करना है शुभ कलर आपके लिए रहेगा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन कन्या राशि कन्या तो राशि के जात आज घर बाहर सब तरफ हर कार्य में सहयोग प्राप्त होगा किसी बड़ी समस्या का आज समाधान होता दिखाई पड़ना विवाह के इच्छुक व्यक्तियों को वैवाहिक प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है मतलब अविवाहित प्रस्ताव मिलेगा भाईयों और बहनों का मार्ग सुगम होगा आज आपके अंदर उत्साह व प्रसन्नता बहुत ज्यादा रहेगी आज कोई नया वाहन क्रय करने का योग भी बन रहा है उपाय क्या करना रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा की रात्रि में चंद्रदेव को जल में मिश्री डालकर आपको अर्थ देना रहेगा और चंद्रदेव के बीच मंत्र का और चंद्र स्रोत का आज आपको पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो तुला राशि तो तुला राशि के किसी संपत्ति का सौदा कोई बड़ा लाभ दे सकता कार्य की बात होकर आपके हाथ में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उपाय के है? तो नाम तो पर करना क्या रहेगा तो विष्णु नाम का आज आप लोग पाठ करिए और आज सफेद वस्त्रों का दान आपको धर्म स्थान पर करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला रंग और शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा करते हैं तो तो फटाफट फटा है, तो आप लोग भी भाग्यशाली हो सकते हैं आप लोगों को करना क्या रहेगा डेट ऑफ बर्थ टाइप बर्थ प्लेस अपना नाम और आपकी परेशानी क्या चल रही है इसको कमेंट में टाइप करना रहेगा और इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फेसबुक पेज पर शेयर करना रहेगा वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो किसी मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन का आज आप बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते हैं आज आपको घर और बाहर स्वादिष्ट भोजन का आनंद प्राप्त होगा आज किसी पार्टी में किसी बिक्री पर आप जा सकते हैं रचनात्मक तथा वरिष्ठ की का में दिखाई रही है। रुके हुए में धन मार्ग के आज आपके जो तो रास्ते है ये प्रशस्त होंगे सुगम होंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिये चंद्रदेव राशि में ही नीचे होते हैं तो बेसिकली आज आप ध्रामिक प्राणायाम करिए दूसरा जल का अधिक से अधिक सेवन करिए और चांदी के पात्र में करिए और आज आपको पूर्णिमा का व्रत रहना है कार्तिक मास की जो तो पूर्णिमा होती है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तो सारे ग्रह अपने आप ठीक हो जाएंगे मन का कार्य ग्रह है जब आपका मन ही आपके पास में रहेगा तो कोई ग्रह कुछ नहीं कर पाएगा तो पूर्णिमा का आपको ग्रत रहना है नमक का सेवन किसी प्रकार से नहीं करना है और आज चंद्र स्टूट का आपको पाठ करना रहेगा तो हमारे जो अगले भाग्यशाली विजेता हैं, राज गहलोत जी हैं आगरा से हैं, और इनकी जो मतलब समस्या है ये पूछ रहे हैं कि हमारा व्यापार कब तक सेटल होगा तो इन्होंने जो अपना जन्म विवरण दिया हुआ है उसके अनुसार जो इनकी कुंडली बन रही है धनु लग्न की इनकी कुंडली बन रही है वृषभ राशि बन रही है देखिये चंद्रमा उच्च के हैं और लग्नेश जो आपके जूपीटर बनते हैं ये केतु के साथ पीड़ित अवस्था में है जो आपके बिजनेस के लॉर्ड बनते हैं बिजनेस के लॉर्ड पर बनते हैं चंद्रमा जल जो है सातवें स्थान का लॉर्ड छठे में आ जाता है तो बिजनेस से रिलेटेड तमाम दिक्कत तमाम समस्याएं क्रिएट करता है वर्तमान में जो इसकी महादशा चल रही है ये भी जो है लग्नेश की चल रही है और जो है बृहस्पति की महादशा में इस समय बुद्ध की अंतरदशा तो बेसिकली मार्च 2020 तक की जो समय रहेगा डूब रहे रहे जाएगा दूसरे को यदि आप कोई उधार देते हैं वो भी पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा तो सबसे पहले तो आप अपने जीवन में विष्णु नाम को उतार दीजिए प्रतिदिन एक पाठ विष्णु नाम का करना रहेगा दूसरा हो सके तो एक बोलते हैं। सिलोन माइन का का अच्छी लगने की दशा चल रही है तो इसको आप धारण कर सकते हैं आपको बहुत अच्छा ये सूट करेगा बाकी और अधिक कुछ जानना होगा तो अपने कुंडली का आप विश्लेषण करवा लीजिएगा ब्लैक कलर को हमेशा एवॉइड करिएगा तो धन राशि की तो लेकिन दर्शकों को देखिए आप लोगों को एक जानकारी ये देनी है कि आप लोग अपनी राशि पूछते हैं या आप लोग पूछते हैं कि फ्यूचर पैसा रहेगा तो इस तरीके के अनर्गल क्वेश्चन मत पूछिए फ्यूचर के बारे में बहुत जानना है तो आप पर्सनली हमसे मिल करके आ करके सब कुछ जान सकते हैं यहाँ पर सीमित समय रहता है सीमित समय के अभाव में जो जेन्यून क्वेश्चन है उनको हम लेते हैं तो आप लोग भी कर, करना क्या होगा बेड और और आप न्यूज आप के। के आपको सुबह सुबह प्राप्त हो सकती है मेहनत अधिक और लाभ कम होगा कार्यो की सफलता में कुछ शंका आज आपके मन में बनी रहेगी आज किसी से बात विवाद को बढ़ावा मन दीजिएगा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना रहेगा, धन धन जो है हानि की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है चिंता तथा तनाव आज अधिक रहेगा, आज व्यापार व्यवसाय ठीक ठाक रहेगा सामान्य रहेगा आज आपके प्रियोजनों के साथ विश्व में कुछ खटास आ सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज कोशिश कीजिएगा की कि केसर का सेवन करिए और आज विष्णु विष्णु नाम का आपको भी करना रहेगा। भगवान ज़्ण के हैं। उनको आप पसंद मकर मकर थोड़े प्रयास से आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे मित्रों और रिश्तेदारों का सहयोग प्राप्त होगा किसी बड़े कार्य को करने की योजना बनेगी जो भी उठाने का साहस कर पाएंगे आज उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा की हनुमान जी को गुलाब के फूल की माला अर्पित करिए मंगलवार का नियम आप लोग बना दीजिए शुभ फलन आपके लिए रहेगा भाई तो शुभ अंक आपके लिए रहेगा साथ अक्वायस कुंभ राशि तो कुंभ राशि के लिए आपको मित्र बात संबंधियों से मुलाकात तो होगी और आज आपको किसी शुभ समाचार से जो है सुबह की शुरुआत तो होगी जिससे आपके अंदर एक नव ऊर्जा का संचार होगा इनकम के अच्छे अच्छे स्रोत आज कुम्र आपके जातकों को बनेंगे आपके आत्मविश्वास अपने बुद्धि का इस्तेमाल बहुत ही विवेक पूर्वक करिएगा अन्य आज, आज आप कोई बहुत बड़ी डील भी मिस कर सकते हैं उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा जल का अधिक से अधिक सेवन करिए आज आपको तो चंदन में केसर मिक्स करके मस्तक पर लगाना लेकिन दर्शकों दिसंबर माह का मेस और वृषभ राशि का राशिफल पड़ गया है आप लोग जाकर के देख सकते हैं नवम्बर माह के भी पर पड़े हैं वार्षिक राशिफल दो हजार बीस पर पड़ चुका प्ले लिस्ट में जाइए देखिए और अंक ज्योतिष का भी राशि फल है जुपिटर का ट्रांसिट का जो है क्या फल रहेगा ये भी डाल दीजिए परिवर्तन है तो, तो अंतिम राशि आती है हमारी मीन राशि मीन राशि आप के आपको आज अप्रत्याशित लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं आर्थिक उन्नति के प्रयास सफल रहेगा भाग्य की आज प्रतिकूलता रहेगी किसी बड़े काम के लंबित प्रयास अब जाकर के सफल होंगे यात्राओं के योग बन रहे हैं अपेक्षित है पूर्ण होने से उत्साह व उत्साहता में वृद्धि होगी पसीना बराना है उपाय सूर्यदेव को अर्घ देना रहेगा और रात्रि में जल में हल्दी डालकर चंद्रदेव को अर्घ दे और चंद्र स्त्रोत का आज आपको बात करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक तो कैसा लगा ये राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो चैनल को में को सब्सक्राइब बना बेल आइकन वीडियो लाइक कीजिए और जो प्रतिदिन दो भाग्यशाली विजेता होते हैं उनमें आप भी हो सकते हैं करना ज्यादा कुछ नहीं है आप अपना नाम डेट ऑफ टाइम और प्लेस लिखिए और अपनी प्रॉब्लम लिख छोड़ दीजिए बाकी का काम हमारा है जो दो भाग्यशाली विनेता है उनके नाम की घोषणा फिर अगले दिन के राशिफल में उत्तर की दी जाएगी दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए जय श्री राम